हेलो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हमारे पास आया है एक ब्रांड न्यू प्रोफेशनल माइक्रोफोन किट जिसको आज अनबॉक्स करने वाले हैं और आप सबको भी दिखाने वाले हैं कि वो कैसा लग रहा है उसके साउंड क्वालिटी कैसी है तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं ओके तो ये आना चाहता है हमारा डब्बा कुछ इस तरह से पैकेजिंग आती है मुझे ऐसा ही डब्बा डिलीवर हुआ था ये इस इसका लिखा है कंडेंसर माइक्रोफोन किट और इसका सब कुछ देख सकते हो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन और एक्सेसरीज इंक्लूडेड एक्सेसरीज मतलब जिस इसमें कोई क्या क्या चीज़ दिया गया है इसके विषय में तो चलो यार डब्बे को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है तो कुछ इस तरह से हमारा आ जाता है डब्बा और ये है मैनुअल गाइड जिसके लिए जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है यार हम लोग खुद ही चला गए चलो इसको ओपन कर हटाते हैं और ये है हमारा मेन चीज़ इसका स्टैंड जिसको बूम आर्म्स भी कहा जाता है तो चलो इसको भी साइड कर लेते हैं ये बड़ी अच्छे क्वालिटी का है आप ऐसे यूज़ कर सकते हो तो ये है शॉक माउंट इसमें रबर भी लगा हुआ है जो कि शॉक को अजॉब कर लेता है और अच्छी क्वालिटी देता है तो ये हमारा हो गया माइक्रोफोन मेन चीज़ और इसमें नीचे आप लोग देख सकते हो इसमें आवाज़ कम बेसी करने वाला होता है और ये हो गया हमारा ताक और ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नीचे कसना भी होता है एक जगह आप फिक्स कर सकते हो अच्छे क्वालिटी का ये भी है और ये हो गया पॉप फिल्टर ये आवाज़ को एकदम अच्छे से फिल्टर कर देता है और बाकी इसमें और कुछ नहीं है तो अब सब डब्बा खाली हो चुका है और इसको हटाते हैं और गैस इसको मैं इधर सेट कर देता हूँ अच्छे तरीके से तो चलो यार इसको पहले अच्छे से कस लेते हैं ओके okay गाइस मैंने इसको अच्छे से फिक्स कर दिया आप लोग कुछ ऐसे ऐसे लग रहा है आप लोगों को देखने में सो so, इसमें अब लगेगा सॉक माउंट और इसको चलो फिक्स कर लेते हैं और ये भी अच्छे से फिट हो चुका है अब लगेगा इसमें माइक्रोफोन अब इसको भी अच्छे से लगा लेते हैं इसको ओके okay गैस इसको मैंने तो फिक्स कर लिया और इसको पॉप फिल्टर को भी लगा लेते हैं अच्छे तरीके से लग नहीं रहा है बढ़िया से चलो गैस इसको लगा वो सीट गिर गया ओके गाइस ऑल डन ये अच्छे से कस चुका है और आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा माइक हो चुका है और इधर थोड़ा ढीला इसको भी टाइट करेंगे अभी चलो यार इसको अच्छे से टाइट कर लिया हमने और देखिए आप हिल नहीं रहा है अब ठीक से कसा चुका है अब बस वायर लगानी बाकी और इसको फ़ोन से कनेक्ट करना है उसके बाद ऑल डन ओके गाइस अब इसको वायर लगाना इसमें है इसमें और ये इधर लग जाता है आसानी से चलो इसका रबड़ निकाल लेते हैं पहले ओके okay, तो मैं इसको अब लगाने वाला हूँ इसमें चलो यार लगाते हैं अभी ओके okay का मैंने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया है और बारी है अब इसको फ़ोन से कनेक्ट करने की आप लोग देखने के लिए मिल रहा होगा इसमें दो केबल हैं एक यूएसबी टाइप ए ये एक यूएसबी टाइप सी और एक पी के लिए और एक फ़ोन के लिए हैं आप फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हो आसानी से और चलो इसको फ़िटिंग करते हैं और उसके बाद देखते हैं कैसा लग रहा है और डन गाइस मैंने सब कुछ फ़िट कर दिया हुआ है बस अब बारी है इसकी साउंड क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए अब देख सकते हो ये इधर उधर हिल भी नहीं रहा है अब आसानी से आप कहीं भी मैं यूज़ कर सकता हूँ ठीक है तो अब चलो इसको फ़ोन से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी होने वाली है लेट्स को गाइस और रेड का चलो इसको फ़ोन से कनेक्ट करते हैं मैंने कनेक्ट कर दिया हुआ है सो so, देख सकते हैं इसमें लाइट जली हुई है ब्लू लाइट और ब्लू लाइट का मतलब ये माइक अभी ऑन है सो so, आप लोग देख सकते हो और इसको म्यूट करना है तो इसमें एक बटन और दबाना पड़ता है तो रेड लाइट जल जाती है यानी कि ये म्यूट हो चुका है तो ये इसका फंक्शन बहुत अच्छा लगा जब आप स्ट्रीमिंग करते हो तो कभी म्यूट करने की ज़रूरत होती है तो आप म्यूट कर सकते हो